तू बारूद कबल ज के हम देख देखाल कर सह तरा पढ़ करीब तमीजी को बना जन्म करब सह सहे तरा पढ़ब हे लागी ज शहर के हवा काम नहीं करी दबा प्रियां सतीश कहे लगी पक्ष दबा लागी जे शहर के हवा काम नहीं करी दबा